चलो भैया ट्रेन आ गई अपनी अंदर चलते हैं इसमें बैठ के फिर देखो अंदर की स्थिति बताते हैं कैसी क्या है भीड़ है नहीं है मालवा तो आई तो आई पर एक और ट्रेन आ रही है बाजू में बहुत तेज साइड में आ रही है बहुत तेज तो ये तो भी मालगाड़ी और ये हमारी मालवा